जी छुट्टी है बच्चों सॉरी तुम लोगों पर इतना मैंने अत्याचार किया आज तुम्हारा और मैं क्लास नहीं लूंगा आज तुम लोगों का एक्स्ट्रा क्लास लूंगा थैंक यू तुमने बताया आज दिवाली है नहीं तो मैं अभी छुट्टी दे देती